मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया प्रवास पर हैं, जहां वे नगर पालिका द्वारा आयोजित आयोजन में पहुंचे और इक्यावन कन्याओं को इक्यावन हजार की विवाह सहायता राशि प्रदान की इस दौरान मिश्रा ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इन दिनों अपनी विधानसभा क्षेत्र दतिया में प्रवास आरोप है इस दौरान उन्होंने अपने बंगले पर आमजन की समस्याओं को सुनकर जिला अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए हैं इसके साथ ही वे दतिया नगर पालिका द्वारा आयोजित आयोजन में पहुंचे जहां उन्होंने इक्कावन कन्याओं को इक्कावन हजार की विवाह सहायता राशि प्रदान की वहीं मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने दतिया नगर निगम बनने के प्रस्ताव को कोर्ट तक पहुंचा दिया दतिया की नहरों की राशि छिंदवाड़ा में लगा दी है डेढ़ साल की सरकार में कांग्रेस ने कई प्रदेश की विकासशील योजनाओं को बंद कर दिया है मिश्रा ने कहा भारतीय जनता पार्टी की मंशा है की शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी मिले तो बात कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं और खासकर नदिया के अंदर वो महीने के अंदर हमारा नगर निगम नदिया को मनाया नगर निगम का मामला हमारा हटा के न्यायालय तो में हम पैतीस गांव में पच्चीस सौ करोड़ रुपए की नहर लेके आए इनमें पैसा छिंदवाड़ा जो जो के सामने किला है राजगढ़ किसे कहते हैं हैं इसको हमने फाइव स्टार होटल में बंद कराया इन्हें हटवा दिया हम जीतू भाई साहब बैठे हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य इनके पर पत्रकार का महाविद्यालय आए लिया हटवा दिया अब उनकी से तो नहीं नहीं तो तो तो दो दिन रोकते तीन दिन रोकते तीन दिन रोकते तो हमारी फूलवालाते हमारे यहाँ इकोनॉमी का ट्रांजेक्शन होता की नहीं होता वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें